तो हेलो गैमर्स कैसे हो आई होप कि बढ़िया हो गए तो फाइनली न्यू वीडियो आ चुकी है तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स एंड देने वाला हूं ताकि आपको खेलना नहीं आता है तो आप भी अच्छा खेल सकें तो उसके लिए आपको ये वीडियो फुल देखनी होगी सिर्फ छः मिनट की वीडियो है एंड मैं बताता तो हूँ आपको वीडियो के एंड में जो बहुत तो, तगड़े बंदे हैं। तो आप वीडियो को वॉच करो मैं मिलूँगा आपसे वीडियो के एंड में कितने दो तो? तो, तो कहीं और ही गाड़ी। कितने निकालना है? थे थे थे एक दो। अरे दो। है। दो। ना भाई ना भाई ना भाई मारो मारो मत तीन चार पता नहीं चार है चार भेजना क्या अपलोड करूंगा देख लियो हाँ अच्छा हाँ। अच्छा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करने वाला है कौन सा है है भाई भाई जब मैं कोई भी करता ना पता है क्या होता है। भाई से, से होता से जैसे हैंग ऐसे होने लग लगे बस तो तो वही कह रहा स्नैम तो भाई भाई भाई स्मोक स्मोक स्मोक कर कर लिया लेते हैं हैं ये ये बंदे तो क्या इस मैच में बहुत ज़्यादा करते रहा है। मुझे पता है मुझे बचा ले क्यों इतने सारे भाई। आ रहे हैं। तो मेरा भाई एक नहीं निकला मेरे, तो मेरे को खेलना नहीं है ही नहीं भी। तो आने के। तीन तीन बंदे आ गए थे मेरे पास बेकार लगती है भी सब भाई इसमो कर लेते हैं ये पता नहीं क्यों मतलब तो हटेगा नहीं जब बोल रहा हूं फिर भी वो तो भी पर मेरे है तो दोस्ती थे उनका ध्यान इन... से भाई मेरे को बचा लेना तो साथ में आ रहा बम दिया मैंने पेटी के पास मत जाना गाड़ी में पेट्रोल खत्म मर गया बो तो अपने जब बंदा लेट जाता है फिर फिर। दिखा। से मत है बम से मारो बी हेलो गेमर्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है क्योंकि वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले एंड गैस मैंने आपसे वीडियो में पहले ही कहा था कि वीडियो को एंड तक देखना चार पाँच मिनट की वीडियो है वीडियो में आपको मैं कुछ बताऊंगा तो गैस यही है कि आपको अगर खेलना नहीं आता अच्छी तरह से तो ये मैं लगा सकते हो ई इसमें आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सकते हो इसमें क्योंकि रियल बंदे नहीं आते हैं तो गैस यही थी आपकी वीडियो एंड गैस आपको तो पता ही है कि बीजे बैन हो चुकी तो मैंने नेक्स्ट वीडियो पे मैंने बोला था जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो उसमें मैंने बोला था कि नो प्रैंक नेक्स्ट टाइम जरूर आएगी तो उसके लिए सॉरी गैस क्योंकि लड़की मिल नहीं रही है तो गैस आपको तो पता है बयान होने के बाद कई लोगों ने डिलीट कर दिया है कई लोगों ने खेलना बंद कर दिया है तो गैस यही है आज की वीडियो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय बाय टेक केयर लव यू गैस You'll be in the.